उधर है आग लगा के कायकू बैठा है मैं लोगों की चिता जलाकर उन्हें स्वर्ग पहुंचाता था अब तू जैसों को नर्क भेजता हूं इतने सारे हो इसलिए ज्यादा लकड़ी जलाया कितनों को मारा रे तूने दो चार पाँच दस मैं चालीस मर्डर किया बहुतों को बहुतों को लपेटा मैंने जाके वाराणसी में किसी से पूछ इसमाइल भाई बॉलीवुड के विलन से भी डेंजर है तू क्या सूर्या भाई को बॉलीवुड वाला रोमांचिक मैं साउथ फिल्म का एक्शन हीरो है जाके पूछ तेरे बाप को जो तेरे को इधर भेजा सूर्या भाई अंगार है बाकी सब भंगार है वाह, <laughs> क्या डायलॉग मारता है काट डाले रे साले को a <laughs>